थ्री एनिमेशन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम सभी एक रोचक फैक्ट जानने वाले हैं ब्रेन से रिलेटेड क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग किसी चीज़ों के प्रति डर बना लेते हैं तो वह काम हमारा नहीं हो पाता है चाहे वो डिजीज हो या किसी प्रकार का कार्य हो तो एक फैक्ट जानने वाले हैं जो मनोवैज्ञानिक के अनुसार बिल्कुल ही सही है राइट है। आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा अंतिम तक देखते रहिएगा मनोवैज्ञानिक के अनुसार अगर आपके मन में किसी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो आपका दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न कर देगा क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह किसी बीमारी का इलाज भी कर सकता है और बीमारी पैदा भी कर सकता है तो इस कारण हम लोगों को किसी भी बीमारी के प्रति आपके मन में डर उत्पन्न होता है डर उत्पन्न के कारण ये भी हो सकता है कि आप में उस बीमारी का लक्षण भी दिखाई पड़ सकता है